वक्त को आता है बस मनमानी करना सब्र को आता है हर दुख हरना। मैं संजीव हंस एक नई कहानी के साथ। नदी किनारे दो लोग बैठे मछली पकड़ रहे थे। दोनों बड़े उत्साह में थे और जल्द से जल्द कोई मछली पकड़ना चाहते थे दोनों मछुआरों ने नदी में अपना अपना कांटा फेंका और मछली के फंसने का इंतजार करने लगे दोनों में से एक दूसरे को देखा और फिर से नदी की तरफ आँखें पसारे मछली फंसने का इंतजार कर रहे थे अभी कुछ ही मिनट हुए थे कि पहले व्यक्ति के कांटे में एक बहुत बड़ी मछली फंस गई उसने देखा बहुत खुश हुआ और दूसरे मछुआरे की तरफ देखते हुए अपनी खुशी जाहिर की उसने अपने पास रखे एक बड़े से डिब्बे में उस मछली को रखा और फिर से वह कांटा नदी में फेंका और मछली पकड़ने के लिए इतने में उसके कांटे में कई छोटी छोटी मछलियां भी फंस गई वो बहुत खुश हुआ करीब एक डेढ़ घंटे के बाद दूसरे व्यक्ति के कांटे में अभी तक कोई मछली नहीं फंसी थी इसलिए पहले व्यक्ति ने कहा अगर कोई मछली नहीं फंस रही तो क्या मैं तुम्हारी मदद कर दू लेकिन दूसरे मछुआरे ने साफ मना कर दिया कुछ ही देर में दूसरे मछुआरे के कांटे में भी एक बड़ी सी मछली फंस गई उसने दो उस बड़ी मछली को देखा और फिर से उसे नदी में फेंक दिया ये देख बड़ पहला मछुआरा बड़ा हैरान हुआ लेकिन कुछ नहीं बोला देखते ही देखते दूसरे मछुआरे के कांटे में कई बड़ी बड़ी मछलियां फंसी, लेकिन उसने उन सभी मछलियों को नदी में फेंक दिया ये सब देखकर मछुआरे से रहा नहीं गया उसने दूसरे मछुआरे से पूछा तुम्हारे कांटे में कई मछलियां, मछलियां सुंदर मचलिया और कामने दूसरे मछुआरे ने जवाब दिया वो सभी मछलियां बहुत बड़ी थी मेरे पास उन्हें पकाने के लिए कोई बड़ा बर्तन नहीं है इसलिए मैंने उन्हें नदी में फेंक दिया मैं एक छोटी मछली की तलाश में हूँ जो मेरे बर्तन में आसानी से आ सके और जिससे आसानी से मैं पका सकू उसका जवाब सुन पहला मछुआरा हसा और उसे सलाह दी दोस्त अगर तुम्हारे पास बड़ा बर्तन नहीं है तो उस मछली को काट कर तुम छोटे बर्तन में भी तो पका सकते हो दोस्तों हम में से ज्यादातर लोग उस दूसरे मछुआरे की तरह है एक बड़ा लक्ष्य हासिल करने की जिद में हम अपनी राह के छोटे छोटे मौके और अवसर भी नजरअंदाज कर देते हैं जिंदगी में मिला हर मौका हमें खुशी से स्वीकार करना चाहिए और रास्ते खोजने चाहिए कि कैसे इस छोटे अवसर को बड़ी जीत में बदल सकें। आपको मेहनत तो करनी ही होगी क्योंकि लक्ष्य आपका है तो उसे खोजना भी आपको होगा और पाना भी तो ये थी एक छोटी सी कहानी मैं संजीव हंस मिलता हूं फिर एक नई कहानी के साथ आपका दिन मंगलमय हो